तो गुड मॉर्निंग गाइड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू गेम द गाइड्स आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं आज हम खेलने जा रहे हैं ओर इस गेम में होता क्या है कि हमारा चारों ओर पानी होता है और हम बीच में नाव में होते हैं वो नाव टूटी फूटी घुसी होती है उसमें हम आगे अग, कैसे बढ़ तो गाइड्स फ़िलहाल हम कम बात करते हुए अपने गेम पर फोकस करते हैं तो गाइड्स ये गेम आपको चाहिए तो सिर्फ उन्नीस एम में आपको ये गेम मिलेगा प्ले स्टोर में और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा बहुत अच्छा गेम है पी में नहीं चलता जैसे वैसे उसी तरह अपने android फ़ोन में भी चलेगा बहुत अच्छा गेम है चलो हम गेम स्टार्ट करते हैं पहले तो देखो हम इसमें एक बार तो हम सामान एक एकटा कर लेते हैं मतलब हमें जो ये इन्वेंटरी होता है उसको फुल कर लेते हैं एक बार तो देखो इस बॉक्स को पकड़ते एक बार तो उसको स्क्रैप करके हमने इस इसको खींचते एक बार हाँ जिसको हमने खींच लिया इस... तो फ्रेंड्स इस बॉक्स के अंदर हमें टू स्क्रैप वन राउ पटेटो और वन रैग मिला है और हाँ गाइड्स इस लकड़ी से हमें दो प्लैंक्स मिलेंगे इसको इस्क्रैप करते हैं और स्क्रैप कर लिया और हमें दो प्लैंक्स मिल चुके हैं तो फ्रेंड्स हमारे इन्वेटरी के अंदर दो स्क्रैप वन रैग और दो प्लैंक है, मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स हमें उसी तरह सामान इकट्ठा करना है गाइड्स हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है तेरह स्क्रैप और पंद्रह रैप और सत्रह प्लैंक उन सबको हम स्प्लिट करके और वो बनाते स्प्लिट स्प्लिट सबको स्प्लिट कर दिया हमने और इसको हम आ... एम पी टी मतलब ये जो स्क्रैप आता है उससे ये एम पी टी बनेगा मतलब जो पानी भरने का नहीं आता है वो जग वगैरह कहते हैं बाल्टी वगैरह हैं उसको ये बाल्टी मतलब एम पी टी ये सत्रह प्लैक्स से इसको हम क्राफ्ट तो ये कुकिंग स्टेशन है इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं कुकिंग इस्टेशंस ये बन जाएगा मतलब हमारे पास क्राफ्ट करने के लिए जो रैब होता है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है इसलिए हम पहले तो ये इम पी बनाएंगे इसके लिए हमें इसको क्राफ्ट करते पहले तो राइट्स इसको हम का छः चार और एक और बार क्राफ्ट कर लेते इसको भी दो एक और बार हो गया क्राफ्ट लोटा है उसके लिए तो दो स्क्रैप कम पड़ गए इसलिए स्क्रैप एमपी टी नहीं बन पाएगा मतलब जो लोटा है वो नहीं बनता है वह के लिए हमारे पास आ, हाँ पंद्रह पंद्रह रैप है मतलब इससे हमारे बन जाएगा इसको क्राफ्ट करते हैं सात एक और बार कर लेते हैं पांच पाँच हो इसको और हाँ ये बन ये बन गया रॉब बन गया नेल तो नहीं बनेगा गाइड से इसके लिए नहीं है पूरा मौजूद सामान फिशिंग रोड शायद बन जाएगा हाँ इसके लिए प्लैंक ट्वेल्थ है और ये स्क्रैप नहीं है भाई हाँ ये वाटर भी बन जाएगा पक्का ये प्लैंक से हमारे पास मौजूद है और ये जो जग है वो भी है हमारे पास और ये रॉप भी है ये भी बंद ये बंद गया इसको हम कहाँ पर लगाए फ़िलहाल हमें अभी क्या करना चाहिए दो सेकंड सेकेंड दो सौ आपने कुछ देखा ये फ्रिज गई आपने कुछ देखा होगा वहाँ जो रेड कलर का कुछ था अभी जाके देखना वहाँ पर फ्रिज जो लाल कलर की थी वहाँ पर गई थी वहाँ पर आया हुआ था अब हमें तो गाइड्स हमारी हेल्थ बहुत कम हो रही है तो हमें राहू पोटेटो खाना चाहिए एक बार राहू पोटैटो हाँ इसको ईट कर लेते एक बार Okay, हमने पटेटो खा लिया एक और बार खा हेल्थ बढ़ती रहेगी उससे हमारे। हाँ। और आ, एक और एक बार खा लिया हमने ईट उसको हमने ईट कर लिया गाइड्स तो फ्रेंड्स आपको नहीं लगता कि इस नाव के लिए आपको कुछ बिल्ड करना चाहिए हमने मैप खोला और कुछ बिल्ड करने वाले हम आगे ये प्लैंक लगा लेते हैं इसको हम लगा लेते हैं हाँ लगा लिया इसको हमने पैंक प्लैंक और इन्वेटर में जाके हम इसको क्या हाँ, वो ये वाटर प्रूफ उसके लिए बनाया था लग गया तो गाइड्स हमारा जो पानी पीने का हेल्थ तो वो कम हो चुका है इसलिए हमें मरग निकाल के लिए पानी पी लेना चाहिए इसको एक बार दो सीज इसको निकालते जग को भाई उसके लिए हमें इस पर टच करना है एक बार इसको क्लिक करते दिया। और इसको ड्रिंक करते चलो उसको भर के हमने ड्रिंक पी लिया पानी गाइड्स आपको नहीं लगता कि हमार जो ये अभी ड्रिंक की थी उसकी वजह से हमारी हेल्थ और भी कम हो रही है मतलब हमने जो पानी पिया था वो साफ़ नहीं पिया था ऐसे नदी में उठा के पी लिया था इसलिए हमें इस पानी को साफ़ करने के और भी इसको पीने चाहिए वरना हमें ये जब तक ये नहीं निकलेगा तो हम बेहोश हो सकते हमने गंदा पानी पी लिया गाइड्स उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमारे पास जो सामान है वो तो परफेक्ट नहीं है इसलिए हमारा पानी भी ये फिल्टर नहीं हो पाएगा हम इसको ईट कर कर जिंदा तो रह सकते हैं और बार ड्रिंक कर लेते हैं तो और नीचे कहाँ कूद गया भाई ऐसे भी हेल्थ कम है ऊपर चढ़ भाई जल्दी से हाँ हमें कोई फिश दे इसलिए हम तो नीचे उतरे थे हमें तो कोई फिश भी नहीं दिख रही है तो कैसे करें अगर फिश दिख भी जाती है और हम ऐसे कच्चा तो नहीं कर सकते अगर कच्चा कहेंगे तो हमारा पेट ख़राब होगा उसको हमको मतलब नहीं आता उसको गर्म करके उसके लिए भी हमें सामान बनाना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें प्लैंग वगैरह आने की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम उसको इकट्ठा करते एक बार तो गाइड्स आपको पता ही हमने गंदा पानी पीने की वजह से हमारे पेट में खरब खराब हो गया और पेट खराब होने की वजह से हम बेहोश होने वाले और हाँ गाइड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेलकन प्रेस कीजिए जिसके रिलेटिव आपको वीडियो मिलती रहेगी और हाँ आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू